जैसे कि आज हमारे शॉप से एक सैमसंग J4 फोर का सेवन हंडेड आए हैं जिसमें कि चार्जिंग का इश्यू है चार्जिंग लगाने पे यह हमारा प्रॉब्लम है कि देखिए इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम क्या है देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि चार्ज लगाने के बाद ये देखिए सिमल आ चार्जिंग एरर का तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करने का बहुत डायरेक्टली और ईजी सोल्यूशन आप लोगों को देते हैं हाय फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम आता है ना अक्सर ये थर्मिस्टर का प्रॉब्लम होता है या तो वीपीआईसी का है ना तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम कहाँ है और हम डाइग्नोस्टर करके आपको बताते हैं तो, तो, तो जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम हम इसको चेक करेंगे बाद अब हमें को वोल्ट रेंज पे सेट करेंगे उसके बाद हम ग्राउंड करेंगे, पे हमारा जैसे कि आप मीटर में देख पा रहे होंगे कि 4.2, 4.3 हमारे को बराबर मिल रहा है यानी कि मेरा चार्जिंग पिन ओके चार्जिंग पिन भी ओके है और हमारा ओ वी भी ओके है तो हमारा ये प्रॉब्लम थर्मिस्टर से है चलिए मैं स्कोमेटिक डायग्राम के साथ आप लोगों को बता बता बता देते हूँ ये लैपटॉप में देखते हैं ये यहाँ पर थर्मिस्टर लगा हुआ है देख पा रहे होंगे लैपटॉप में कि ये दीपक जी थोड़ा कैमरा ये ये देखिए जो ये जो ग्रे ये जो वो ब्लू टाइप के जो दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टी एच से हमारा ये प्रॉब्लम आता है चार्जिंग प्रोसेट का सैमसंग में अक्सर ठीक तो है थर्मिस्टर माले जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको देखा जाए थर्मिस्टर ये हमारा वो थर्मिस्टर है ना देख पा रहे हैं हमें आप लोग दीपक जी थोड़ा जूम कीजिए आप कैमरा देखिए देखिए ये जो है ना देखिए एक यहां पे नजिस्टर लगा हुआ है एक कैपेसिटर और ये हमारे जो है न, ये थर्मिस्टर है जो मैंने टी एच थ्री ट्रिपल जीरो के नाम से स्केमे में लेआउट में दिखाया वही है है ना तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये थर्मिस्टर से प्रॉब्लम रहता है तो निकाल रहा हूँ बोर्ड टू बोर्ड सेट करूँगा बोर्ड टू बोर्ड करूँगा तो जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा थर्मिस्टर इंस्टॉल हो गया चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं तो किसे खोल के लगाया तू सर खोला नहीं बनेगा उसका तो जैसे फ्रेंड्स अभी दूसरा थर्मिस्टर डालेंगे ये देखिए ये देखिए सर थर्मिस्टर है हमारा ये देख रहा है इधर इधर उधर इधर ये ये है हमारा थर्मिस्टर है इसी के वजह से हमारा ये हैंडसेट में चार्जिंग फूसेड और चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम आ रहा था चलिए अब हम इसको फिट करेंगे इसको फिट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा चार्जिंग उठा रहा है या नहीं रहा है कि नहीं तो आइए दीपक जी थोड़ा इधर तो देखिए जैसे कि बैटरी को हम इसमें लगा दिए हैं और हम चार्ज को चार्जर केबल को कोइन करेंगे और देखेंगे कि हमारा वो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं और चार्ज ले रहा है या नहीं तो जैसे कि एम में भी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखा जी थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा देखिए चालीस एम हमारा ले लिया पॉइंट चालीस तो देखिए सर जॉब डन हो गया है न तो हमारा ये जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था देखिए ये जॉब डन हो गया दीपक जी थोड़ा कैमरा नहीं दिखीजिएगा देखिए दिखी। दिखी।